हे वेलकम न्यू क्रिएटर्स इन यू सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो पर स्टार्टिंग्स की कुछ व्यूज़ कैसे लाएं या फिर ये आपके 500 या फिर 600 सब्सक्राइबर्स नहीं, नहीं। सब्सक्राइबर्स हैं या 600 सब्सक्राइबर्स कोई माय नहीं लगता सब क्रिएटिक्स वर्क ट्रैक वर्क करने वाली है क्योंकि आप लोग जो वीडियो को शेयर कर हो वीट्यूब पर एंड लिंक शेयर करते हो जिसकी वजह से आपका चैनल डेड हो जाता है तो इससे कैसे बचें और अपने स्टार्टिंग्स के व्यूज कैसे लाएं इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलो यार बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले बात करते हैं राइट वे टू शेयर वीडियो सो यार आप में से कई भाई लोग होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो शेयर कर देते हैं अपनी लिंक शेयर करते हैं सो so, यार सबसे पहले मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत किया करो यार यूट्यूब पर अपनी लिंक शेयर मत करो मैं ये नहीं बोल रहा कि शेयर मत करो कहीं बट यूट्यूब पर लिंक् शेयर मत करा करो क्योंकि इसके वजह से आपका चैनल ड्राइड हो सकता है एंड काफ़ी यूटूबर्स ये पहले भी बता चुके हैं सो सेकंड है कि हम शेयर कहाँ करें सो so, यार इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप्स तो मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा आपको इंस्टाग्राम पर आप अपने न्यू फ्रेंड्स बनाओ और उनको अपनी लिंक शेयर करो जस्ट तो लाइक मैं टैग के कैटेगरी की वीडियोस बनाता हूं सो तो मैं जुनूआई की या फिर टैग बर्नर के अकाउंट पर जाकर उनके सब्सक्राइब फॉलोअर्स से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँगा उनसे बोलूँगा कि मैं पहले तो आप अच्छा कनेक्शन बनाओ हेलो भाई मतलब ऐसे डायरेक्ट मत बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप उनसे पूछना कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है सो ऐसे ऐसे करके मतलब आप फ्रेंड्स बनाकर अपनी वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप सबसे अच्छा वे अपने शुरू के सब्सक्राइबर्स लाने का क्योंकि तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर के तो यहाँ पर यहाँ भी आप सर्च कर सकते हो अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर अपनी लिंक शेयर कर दो वहाँ पर पड़ी रहती है अपनी आपकी लिंक जिसको ज़रूरत होती वो आपकी वीडियो देख लेता है सो लाइफ टाइम आपके चैनल पर व्यूज़ आते रहते हैं एंड uh, सबसे सब एक बात तो मैं याद रखना यूट्यूब पर किसी के भी चैनल पर या शॉर्ट्स पर अपनी वीडियो लिंक शेयर मत करना क्योंकि ऐसा करने से ना तो आपके चैनल पर व्यूज़ आते हैं एंड साथ ही साथ आपका चैनल भी डैड हो जाता है आपने मेहनत की है आपने बर्बाद तो so, ऐसा बिल्कुल मत करना अगर आपको शेयर ही करना है तो फेसबुक ग्रुप इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ करो बट यूट्यूब पर शेयर मत करो एंड uh, यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो पसंद आई होगी यार वीडियो और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप ए क्रिएटर और आई एम क्रिएटर सो सब्सक्राइब कितना वैल्यू करता है क्रिएटर के लिए आपको पता होगा तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय